जय माता दोस्तों तो सभी दोस्तों को की राम राम दोस्तों में और और दोनों पास अंदर में। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेलाइकन प्रेस कर लो वीडियो को शेयर करना लाइक करो अपने आज की सिंगल में रहेगी दोस्तों 50 और इसके साथ रहेगी इक्यावन अपनी मेन जोड़ी रहेगी दोस्तों 20, 25, सत्तर 40 जोड़ी रहेगी दोस्तों ये अपनी दो स्पोर्ट जोड़ी रहेगी दोस्तों पैतालीस नब्बे में और बारह स्पोर्ट जोड़ी रहेगी अपनी ये आप कर दोस्तों ब्लास्ट जोड़ी की बात ब्लास्ट में रहेगी अपनी सत्रह छब्बीस छिहत्तर और चौदह अपना हरूफ रहेगा दोस्तों आज भी अपना हरूफिया और अट्ठे का ही रहेगा अंदर बताओ अब कहते हैं दोस्तों पकड़ जोड़ी के बाद पकड़ जोड़ी भी रहेगी अपने पास बीस छियालीस छियानवे चौतीस और दोस्तों तो किसी भाई ने अपना पर्चा देना हो या ऑनलाइन गेम लगानी हो तो ये ऑनलाइन परिवार का नंबर है आप इस पे मैसेज करके पूरी डिटेल ले सकते हो आठ सौ साठ सात